आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अगेन जैसा कि आज मल्ली विधानसभा में जो है मतदान पड़ रहे हैं जो है लास्ट चरण है सातवां चरण है आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ जो है चुनाव हो रहे हैं मतदाता एकदम निश्चिंत तो होकर के आकर के जो है अपना मत दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है लोग आ रहे हैं अपना मत पूरे शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव हो रहा है अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं आप लाइन भी लगी हुई है और जो है जिसका महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन अलग है जिस प्रकार से जो आ रहे हैं कम से जो है अपना दे रहे हैं किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और लोग जो है केवल शांतिपूर्ण से अपना जो है मत दे करके अपने घर पर जा रहे हैं और प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो वहां पर लगभग हर बूथों पे जा रहा है और सबको जो है निश्चित रूप से यह बता रहा है कि आप जो है भयमुक्त मत मतदान करिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो आप अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे सीधे संपर्क करिए नंबर भी प्रशासन ने अपना जारी कर रखा है पॉलिटिक्स अगेंस्ट से कैमरा मैन राजू यादव के साथ वरुण यादव की रिपोर्ट